मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सुर चुनाव आते ही बदल गए हैं गृह मंत्री दतिया में विकास यात्रा में शामिल हुए जहां उन्होंने बत्तीस लाख पांच हजार की लागत से होने वाले रिंग रोड निर्माण पोल शिफ्टिंग कार्य का शिलान्यास किया इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा सबका विकास करती है मेरे यहाँ हिंदू की मदद होती है तो अल्पसंख्यकों की भी मदद होती है शहरों में विकास की बात करते हुए शिवराज सरकार की विकास यात्रा अब गांव में पहुंच रही है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया की विकास यात्रा के मुख्य अतिथि है नरोत्तम मिश्रा ने विकास यात्रा के दौरान कहा कि यह देश सबका है भाजपा सबका विकास करती है मेरे कार्यालय में यदि हिंदू की समस्या का समाधान होता है तो मैं मुस्लिमों की भी समस्या का समाधान करता हूं। साथ ही गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग की चिंता करती है प्रधानमंत्री आवास योजना हो या खाद्यान्न वितरण योजना सभी वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिला है गृह मंत्री ने विकास यात्रा में ही 32 लाख पांच हजार की लागत से होने वाले रिंग रोड निर्माण पोल शिफ्टिंग कार्य का शिलान्यास भी किया मेरे बंगले पर जितने के लोग आर्थिक सहायता का देते हैं, उतने अल्पसंख्यक समाज के लोग भी आर्थिक सहायता का देते हैं। हमने प्रधानमंत्री आवास बांटे बतिया के अंदर जितने हमारे हिंदु भाइयों को मिले